गाय आज सुबह से मुझे कस्टम खेलने का बहुत मन कर रहा है एक काम करता हूँ मैं सबको बुला लेता हूँ कोई तो बना ही लेगा oh. आजा आजा आजा इसकी oh. आ गया यार भाई लोग चलो ना कस्टम खेलते हैं बहुत खेलने का मन कर रहा है प्रधान भाई बनाना कस्टम अबे तू बनाना हर बार अभी बनाते हैं अबे यार भाई साहब मेरे पास कस्टम रहता तो मैं तुम्हें बोलता क्या मेरे पास आज एक भी कस्टम नहीं है इसीलिए एक भी कस्टम नहीं है मेरे पास यार भाई साहब कोई तो बना ले विनीत कोई तो बना मेरे पास भी नहीं है विशाल मेरे भाई तू तो बना ले अरे रात में ही तो बनाया था भूल गए राउडी भाई सोल ने नहीं बनाया कस्टम उसे बोलो अबे हाँ यार उसने तो रात में तीनों कस्टम खिलाता हम सब का और अभी तक उसने अपना कस्टम भी नहीं बनाया एक काम करता हूँ मैं उसे कॉल करके गेम में बुलाता हूँ अरे हेलो सोल भाई क्या कर रहे हो फ्री हो क्या हाँ फ्री हो क्या हो गया मैं तो कह रहा था गेम में ऑनलाइन आओ जल्दी सब वेट कर रहा तेरा हो गेम खेलेंगे यार मैं तो गेम ही ओपन कर रहा था आजाद बहुत मजे करेंगे खेलेंगे साथ में आ जाम में आई रहे हो तो एक कस्टम बना लेना बहुत दिन उसे बनाया नहीं तुम। माँ कसम भाई मैं कस्टम बना लेता लेकिन अभी मुझे पता चला मेरा दादा का एक्सीडेंट हो गया तो अब मैं वहीं जा रहा हूँ <laughs>